तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा रहेगा इस पर एक हम दृष्टि डालते हैं तो राशि के जातकों अंततः देव गुरु बृहस्पति की घर वापसी यहां हो गई है बृहस्पति देव आपकी राशि यानी आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं देखिए देव गुरु बृहस्पति आपके लग्नेश और सुखेश फोर्थ हाउस इसके लॉर्ड बनते हैं लग्न जो होता है ये आपके जो है मतलब शरीर का विचार किया जाता है आपके रूप का आपकी आकृति का विचार किया जाता है आपके नेम और फेम का किया जाता है आपकी विनम्रता का किया जाता है आप कितने ज़्यादा गौरवशाली होंगे इसका विचार किया जाता है और जो फोर्थ हाउस होता है ये आपके सुख का होता है ये आपके भूमि का होता है भवन का होता है वाहन का होता है माता सुख का होता है गड़ा हुआ धन प्राप्त होगा कि नहीं फोर्थ हाउस से ही देखा जाता है ये आपके वाहन का होता है व्हीकिल का होता है तो दर्शकों ये जो गोचर रहेगा गुरु का ये जो परिवर्तन रहेगा ये जो पंच महापुरुषों में हंस महापुरुष नामक योग धनुराशि के जातकों के लिए बना रहे हैं काफ़ी कुछ शुभ घड़ी अब आपके लिए आ गई है गुरु के इस परिवर्तन के कारण आपकी सभी मानसिक चिंताएं समाप्त होगी स्क्रीन पर आप लोग देखिए धार्मिक क्रियाकलापों में आपको अत्यधिक लाभ होगा और अब आपका बहुत ज़्यादा मन लगेगा कोई नया प्रेम संबंध स्थापित होता हुआ दिखाया जो है दिखाई पड़ रहा लग्न में बैठे देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि देखिए दे, दे रहे हैं पंचम भाव को पंचम भाव जो होता है ये होता है संतान का ये होता है शिक्षा का ये होता है नए प्रेम संबंधों का तो संतान प्राप्ति के योग है यदि आप महिला हैं तो पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो सकती है दूसरा दर्शक को बताना चाहेंगे कोई नए प्रेम संबंध की शुरुआत देवगुरु बृहस्पति के ये गोचर आपको कराएंगे ही कराएंगे इसके अलावा यदि पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा था तो आप बिल्कुल भूल जाइए अब आपका पढ़ाई में मन लगेगा देवगुरु बृहस्पति का ये जो परिवर्तन रहेगा आपके घर में कोई मांगलिक कार्य करवाएगा इस समय में आपको वैवाहिक सुख संतान सुख आदि प्राप्ति हो सकता है इसके अलावा आपको संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है आपकी संतान की नौकरी लग सकती है जॉब लग सकती है जिसके कारण आप फेमस होंगे आपके लग्न भाव के साथ साथ देवगुरु गृहपति आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और आपके प्रथम भाव में गुरु का गोचर दर्शक काफी कुछ अच्छा रहेगा धनुराशि के जातकों के लिए जीवन के हर क्षेत्र में इस समय आपको प्रॉपर भाग्य का साथ मिलेगा आर्थिक मामलों को लेकर यदि आप परेशान थे तो इस गोचर काल में ये परेशानी आपको दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है लग्न में बैठे बृहस्पति से नवम दृष्टि भाग्य के घर में मिलने से आपको भाग्य का साथ मिलेगा पिता के साथ संबंध बड़े मजबूत होंगे आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होंगे नवम भाव आध्यात्मिक का भी होता है इसके अलावा तीर्थ यात्राओं पर भी जो है आप भ्रमण के लिए अपने परिवार वालों के साथ जा सकता है किसी इंटरव्यू में यदि आप जा रहे हैं अपेयर होने तो वो इंटरव्यू आपको सफल करा सकता है इसके साथ साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि आपके आप किसी गुरु के सानिध्य में भी जा सकते हैं दर्शकों लंग में बैठा बृहस्पति सप्तम दृष्टि आपके जो है सप्तम स्थान को देख रहा साझेदारी का होता है छोटे मोटे दैनिक व्यवसाय का होता है व्यापार का होता है पत्नी का होता है तो पत्नी से यदि अनबन संबंध चले आ रहे थे तो खत्म होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं सामाजिक स्तर पर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा इसके अलावा पति पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा जो है रोमांटिक जो है लाइफ अच्छी रहेगी आप लोगों के बीच जो दूरी थी ये दूर होगी जीवन साथी की बातें आप जो है मानेंगे जीवन साथी के लिए आपके जीवन साथी के जो है जॉब लगने के भी योग बन रहे हैं इसके साथ साथ दर्शकों एक बार और हम आपको बता दें क्योंकि फोर्थ हाउस होता है का तो कोई नया वाहन क्रय कर सकते हैं कोई नया मकान आप ले सकते हैं कोई नया भूमि का टुकड़ा ले सकते हैं कोई गड़ा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है इसके अलावा दर्शकों बताना चाहेंगे कि कोई नया जो है आप सपोज करिए फार्मर है किसान है और आप किसी बगीचे को लेना चाहते हैं तो बाग बगीचे इत्यादियों का भी आप क्रय कर सकते हैं मानसिक तौर पर आप इस दौरान खुद को आजाद पाएंगे स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा रचनात्मक कार्यों में बहुत अच्छा धनु राशि के जातक जो है प्रदर्शन करेंगे आप जिस भी एम को बनाएंगे उसको आप प्राप्त करेंगे तो यह जो है गुरु का गोचर कई मामलों में आपके लिए अच्छा रहेगा दर्शकों उपाय के लिए तो आप अपनी कुंडली दिखाइए और भी ग्रहों की स्थिति विचार लिए है लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे यदि आप खुद ज्योतिषी हैं तो पुखराज यदि चाहें तो आप गोल्ड में बनवा करके येलो सफायर आप लोग इंडेक्स फिंगर में धारण कर सकते हैं दूसरा दर्शकों आपको करना क्या रहेगा जब भी आप सुबह पूजा कर करेंगे पूजा पाठ करेंगे या घर से निकलेंगे तो केसर का तिलक मस्तक पथ जिब्भापत कंठ पर और नाभि पर आपको लगाना रहेगा और केसर आपको खाने में प्रयोग में लाना रहेगा तीसरा प्रयोग दर्शकों बताना चाहेंगे कि विष्णु सहस नाम का पाठ बृहस्पतिवार को करिए और प्रतिदिन अपने घर में विष्णु सहस नाम आप लोग बजाइए टेप रिकॉर्डर में या मोबाइल के थ्रू आप जो तो है या ब्लूटूथ स्पीकर के थ्रू आप लोग बजा सकते हैं इसके साथ साथ दर्शकों यदि आप किसी गुरु बना सकते हैं तो बना लीजिए काफ़ी अच्छा रहेगा किसी से गुरु दीक्षा आप लोग जरूर लीजिए तो ये प्रयोग करिए ये प्रयोग करके आपके जीवन में बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे दर्शकों और क्या आपके लिए बेस्ट उपाय हो सकते हैं इसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए और वार्षिक राशिफल 2020 हजार धनु राशि के जातकों के लिए पड़ गया है मासिक राशि भी पड़ा है आप लोग जाकर के हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दीजिए इजाजत तब तक के लिए नमस्कार